हे hey, वेलकम मैं राहुल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल पे जहां हम लोग सीखेंगे इस बार पाइथन प्रोग्रामिंग और यहाँ पे जो इस वीडियो का एजेंडा है वो है इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन अगर बात की जाए पूरे इस प्लेलिस्ट के बारे में तो यहाँ पे हम पाइथन बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की बात करेंगे अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले भी कोई सीखा है तो यहाँ पे आपको पाइथन में बहुत ही लेकिन अगर आप हैं और बेसिक से बेसिक चलेंगे। इसी के लिए हम इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन को लेकर आए हैं अगर बात की जाए आईडी प्लेटफॉर्म की तो आई डी प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो होती है अगर मान लीजिए सी या सी प्लस प्लस की बात की जाए तो वैसे में आपको देव कोड ब्लॉक और भी बहुत सारे आईडी प्लेटफॉर्म मिलते हैं जहां पे आपको प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही आसान होता है और कोडिंग करना बहुत ही आसान होता है वैसे ही सेम पाइथन के लिए बहुत सारे आईडी प्लेटफॉर्म है लाइक पाइचम Sublime, कुछ ID platform को prefer करेंगे जो जो मैं यूज करता हूं, उसकी मैं मैं करता करता उसकी बात करूं, तो सबसे पहला है वो Jupiter, जो मैं बहुत ही पसंद करता हूं। और Jupiter में coding करना बहुत ही आसान है और यहाँ पे लाइन टू लाइन आपको आउटपुट भी दिखती जाती है तो ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से अगर आप जुपिटर यूज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है इसके अलावा अगर बात की जाए तो आई जो प्लेटफॉर्म है ये आपको मिल जाती है पैथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन सारे डाउनलोड करने के लिए आईडी डी प्लेटफॉर्म के लिए हम आपको लिंक दे देंगे जितने भी मैं आईडी डी प्लेटफॉर्म आपको अभी बताऊंगा उन सारे आईडी डी प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसके अलावा आई डी को मैं इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा और एक अगले नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो जुपिटर के ऊपर ही होगा तो ऐसे में दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें और आगे देखते हैं कि कौन सा हमारा नया आईडी है। तो यहाँ पे हम बात करें सब लाइन टेक्स थ्री की तो यहाँ पे दोस्तों सब थ्री थ्री जो है, वो हर तरह की प्रोग्रामिंग के लिए बेहतरीन है अगर बात की जाए पाइथन तो वो उसके लिए भी ठीक है सी के लिए भी ठीक है यहाँ पे आपको सिंपल एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होता है उसके बाद ये हर तरीके की प्रोग्रामिंग करने के लिए सक्षम है यहाँ पे अगर आप चाहें तो HTML, CSS वगैरह सब चीज के लिए ये बेहतरीन इस और इसके बारे में मैंने ज्यादा तो नहीं जानता क्योंकि मैं इसको ज्यादा यूज किया नहीं हूं लेकिन एक बार मैंने यूज किया जिससे मुझे कुछ ज्यादा हमको अच्छा नहीं लगा इसका इंटरफेस इसलिए मैं इसके बारे में आपको यही कहूंगा कि आप एटम से दूरी ही रहे मेरे को अच्छा लगा जो वो जुपिटर था और जुपिटर मैं कहूंगा कि आप इंस्टॉल करें आइडियली इंस्टॉल करें वो बहुत ही बेहतरीन है हाँ पाइचान की बात की जाए तो पाईचान एक और बेहतरीन आईडी प्लेटफॉर्म है पाईचान भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और पाई मैंने भी यूज किया है प्लेटफॉर्म है।, है।, तो है यहाँ पे भी आप पाइथन भी रन करा सकते हैं एस टी एम एल सी एस एस को भी रन करा सकते हैं इसके लिए आपको सिंपल मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होता है ऐसे ही देखिये एक्सटेंशन आपको सर्च करना होता है या उसको आपको इंस्टॉल करना होता है तो ऐसे में अगर आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको पाइथन के लिए भी यह बेहतरीन है तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप एक ही कंपाइलर एक ही इंटरफेस पे आप हर तरह की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो लाइन सब लाइन टेक्स्ट थ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर इन दोनों की बेस्ट की बात की जाए तो विजुअल स्टूडियो कोड बेस्ट है इसके अलावा अगर ओवरऑल बात की जाए केवल और प्योर के पाइथन के लिए तो वहां पे आपको जुपिटर या फिर आईडीएलई तो ऐसे में दोस्तों आज के वीडियो के लिए अभी जो इंफॉर्मेशन है इतना ही है और इसके आगे अब हम चलते हैं देखते हैं इंस्टॉल करके कि आईडीएलई कैसे इंस्टॉल करना है तो उसके लिए सिंपल दोस्तों अपना क्रोन खोल लीजिए क्रोम खोलने के बाद आपको सिंपल सर्च करना है डाउनलोड क्रोम खोलने के बाद सिंपल आपको सर्च करना है डाउनलोड पाइथन और ये डाउनलोड पाइथन के बाद जब ये रिजल्ट आ जाती है उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करें ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है www.python.org डब्ल्यू यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको आईडी मिल जाएगी ये भी बेहतरीन इंटरफेस है अभी लेटेस्ट जो वर्जन है 3.8.4 इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल यहाँ क्लिक कीजिए और यहां से आपको डाउनलोड होने लगेगा इसके लिए आपको एक ऑप्शन और चूज करना पड़ेगा यहां पे आप 64 इंस्टॉलर ये वाला आपको फाइल चाहिए ठीक है तो आप इस पे सिंपल क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपको डाउनलोड होने लगेगा 26 सिक्स एमबी का है और 26 सिक्स एम का मैंने ट्रू डाउनलोड कर रखा है तो इसके लिए मैंने इसको बंद कर दिया और यहाँ से अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर आपको सिंपल सर्च बार में जाना है और सर्च करना है आई ID, तो आई डी आपका ओपन हो जाएगा और ये आपका सेल ओपन हो गया यहाँ पे सेल पे आपको वन लाइन कोड करके और आउटपुट देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं प्रिंट हाई और यहाँ एंट्रेंस दबा दिए तो ये देखिए आउटपुट उसके साथ ही आ गया तो ऐसे में अगर लाइन टू लाइन अगर कोड करना चाहते हैं और उसके बाद आपको आउटपुट लाइन टू लाइन चाहिए तो आप सेल पे काम कर सकते हैं लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप पूरा प्रोग्राम तीन चार लाइन का लिख दिए उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम रन करे तो ऐसे में आपको क्या करना होगा आपको सेल खोलने के बाद कंट्रोल और एन दबाना होगा तो कंट्रोल और एन दबाने के बाद आपको एक नया पेज खुल जाएगा और इस नए पेज में कोड करना चाहे तो एक साथ कर सकते हैं पे फर्स्ट लाइन में हमने लिख दिया हाय, फिर दूसरे लाइन में हमने हमने लिख दिया बाय, और इस तरीके से हमने दो लाइन का कोड किया और अब इसको हम रन करेंगे तो जब यहाँ पे हमारा रन का ऑप्शन है यहाँ हम रन करेंगे इसके लिए ये पूछेगा कि सेव करना है कि नहीं तो हम ओके कर देंगे और यहाँ फाइल का कुछ नाम दे देंगे सेव करने के लिए और इस तरीके से वो सेव कर देगा और फिर आपको सेल पे ले जाके आपको आउटपुट केवल और केवल आउटपुट दिखा देगा तो यहाँ पे देखिए आउटपुट हाई और बाय दोनों आ गया। तो ऐसे में अगर मल्टीपल लाइन एक ही साथ आपको आउटपुट चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं इसके अलावा अगर बात की जाए जुपिटर की तो वहां पे भी लाइन टू लाइन भी होती है मल्टीपल लाइन भी होती है तो ऐसे में दोस्तों मैं कहूंगा कि जुपिटर बेहतरीन है ये भी बेहतरीन है मैं इसको भी यूज करता हूं तो आगे के वीडियो में हम लोग दो चीज़ें देखेंगे एक तो जुपिटर को इंस्टॉल करेंगे और दूसरी की सी एम डी आपके कमांड प्रॉन्ट पे कैसे अपने पाइथन प्रोग्राम को रन करना है इसको देखेंगे तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने थैंक यू जय